जरात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में घंटी बजाना ना भूले जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए बत्सरासरा मुलाम का आली वोहाबी बाहुलति वहलिन्नति अजमी लालबीय वादू वलारूलबद وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى الْعَالَمِينَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّين أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا قال الله تعالى في شان النبي لا مخبرا ما مر الا الله وملائكته يسلمون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى हबीबल तो तो तो मेरे लिए लह से बाजबलत नौजवाना ने मिलत बानिया ने जलसा मेरे काबिल कदर दोस्तों बुजुर्गों और नौजवान साथियों आज का जो मुकदस इज्तम अनजमन नौजवान आने अह सुनत हल्का हरम गेट की तरफ से मुनकद किया जा रहा है कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी सियासत के लिए कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी क्यादत के लिए कुछ लोग जलसा करते हैं अमन की शरारत के लिए कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी हिमात के लिए और आज हम जल्सा कर रहे हैं इमाम हुसैन की शहादत के लिए आगे आगे आगे है। हम अहले बैत के मानने वाले हैं रब्बाली दुनिया को दावत फिक्र देता है कि हमारा अकीदा है जिसको पंचपन पं से प्यार नहीं हमें उसके कलमे पर एतबार नहीं सुबह के अली मैं अली के दर का गुलाम हूं सहाबा का मानने वाला हूं और खुद नहीं मानता मदीने वाले ने कहा मानो तो मेरे नबी निम्बर खपते नबूवत का जलवगर है सहाबा का मजमा है जुबान खतने अबूवत से फरमाया ये मेरे प्यारों अबू बकर सिद्दीकी का सरदार है उमर आदलीन का सरदार है उस्मान शरीफों का सरदार है और अली तमाम उम्मत के वलियों का सरदार है नबी यदालम ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जन्नत के औरतों की सरदार है हसन हुसैन जन्नत के जवानों का सरदार है मेरे नबी ने फरमाया मैं पैगंबर तमाम नबियों के सरदार मेरे मिल्लत के नौजवानों ये अहल बैग का घराना है कुरान इनका मदा सरा है आयत तथी इनको अता है कह दो जिबरील इनके दर का गदा है तो तो तो तो हमारी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि हम नमाज में आल मोहम्मद पर दरूद ना पढ़े हमारी दुआएं उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होती जब तक कि हम मोहम्मद व आने मोहम्मद पर दरूद ना पढ़े मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आग सिर्फ ईमान ही नहीं बल्कि ईमान की अस्मत के निशान है यह वो हुसैन जो किसी फिरके का नहीं किसी मकबे फिक्र का नहीं मेरा हुसैन आपका हुसैन बलियों का हुसैन दिन का हुसैन शहीदों का हुसैन राजियों का हुसैन नमाजियों का हुसैन का हुसैन, वो अकन का हुसैन तबाता का हुसैन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मेरा हुसैन उमर फरमाते हैं मेरा हुसैन उस्मान फरमाते हैं मेरा हुसैन अली फरमाते हैं मेरी आंखों का नूर नजर हुसैन फातमा फरमाती है मेरे दिल का टुकड़ा हुसैन और नबी फरमाते हैं अल हुसैन उम्मीद मिन हुसैन देखिए ज्यादा लारे न लगाइए कोई बात अच्छी लगे तो सुबह अल्लाह कह दीजिए अगर लारा लगा नहीं है और वाकई लगाना भी चाहिए आज मुहर्रम के दिन है जब इस फ़ज़ार को चीरती हुई आवास करबला के मीनार से लगेगी आज के फरिश्ते भी कहेंगे हुसैन अभी तेरे मानने वाले जिंदा है कश्मे रबुल जलाल की यह वो हुसैन है जिसकी हे इस्लाम का हुसन है जिसकी सीन इस्लाम की सलामती है जिसकी ये में इस्लाम की यारी है जिसके नून में निजाम मुस्तफा का जल्वा है वो हुसैन इबन अली जिसने करबला के मैदान में अपने बच्चों को कुर्बान करके दुनिया पर साबित कर दिया कि हुसैन अली अस्कर के गले में तीर लगाना बर्दाश्त कर सकता है अब्बास के बाद कलम करा सकता है की जवानी पे घोड़े दौड़ता हुआ बर्दाश्त कर सकता है मासूम शकीने को यकीन होते हुए बर्दाश्त कर सकता है आल मोहम्मद का एक एक फर्द बातल टाकट के सामने टकाकर शहादत का जान तो दे सकता है मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं देता है इन हिस्सा भाई तिवारी तथ हीरा लोगों हमने अपने रसूल के घर वालों को हमने नबी के घर वालों को पाक कर दिया है ये पाक है अली पाक है हसन पाक है हुसैन पाक है मेरी मिल्लत के नौजवानों अली ऐसा पाक है कि पैदल काबे में हूं जो है कुरान का फैसला है मुफ्ती का फतवा है का काल है ताबेन का फरमान है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी मां पलीद होती है कोई भी औरत बच्चा जले वो कुरान को हाथ नहीं लगा सकती वो कावे की दीवार को हाथ नहीं लगा सकती वो नमाज नहीं पढ़ सकती वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती रफ्तानी कहता है कि जब औरत बच्चा जले तो वो पलीद होती है मगर रब्बे अब रब्बाली पूछता है अली तो पैदा ही काबे में हो रहा है रब्बे अकबर ने फमाया अली भी पाक अली की मां भी पाक अली जहां पैदा हुआ वो मेरा घर काबा भी पाक अली अव्वल से लेकर आखिर तक पाक अली सर से लेकर पाव तक पाक अली ऐसा पाक है कि उसकी पलीनी में किसी को शक नहीं के अंदर कोई शक करता है उसका अपना शक तो हो सकता है मगर अली पा है जो सर से लेकर पांव तक पाक है हम इतना कहते हैं कि अगर अली पाक है तो मानना पड़ेगा जन जिन के पीछे अली ने नमाजें पढ़ी है वो भी पाक है ता। ये अली नूर अला नूर की तफसीर है हमारे नबी के वीर हैं अली त इस्लामिया की तकदीर है <OnePlus soldiers> अली नूरला नूर की तफवीर है अली नूरला नूर की तलवीर है <truthful list> अली मेमार नबूक की तामीर है अली असरार इमामत की ताबीर है अली अतवार विनायत की तकदीर है अली कुरान मजीद की तस्वीर है अली कातब कुदरत की तहरीर है अली हैरत इलाही की शमशीर है अली तो निजाम मुस्तफा की हो बहू तस्वीर है जब मेरे नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया मानो मैं अल्लाह का रसूल हूं दुनिया इंसानियत के लिए आखिरी नबी बनकर आया हूं उत्बा ने कहा मैं नहीं मानता बलीक ने कहा मैं नहीं मानता अबू सुफान ने कहा मैं नहीं मानता मेरे नबी ने आसमान की तरफ देखा या अल्लाह यहां तो मानता ही कोई नहीं इब्राहल अमीन को भेजा गया फरमाया है मेरे प्यारे हबीब घबराने की जरूरत नहीं है अगर उतमा नहीं मानता न माने बलीफ नहीं मानता न माने अब उस उफियान नहीं मानता न माने दुनिया का कोई इंसान नहीं मानता न माने तू मुझे मान मैं तुझे मान अगर कोई नहीं मानता न माने प्यारे तू मुझे मां मैं तुझे मानू तू तु मुझे खुदा कहे तु कह मैं तुझे मुस्तफा कहूं तू मुझे रब कहे तु कह मैं तुझे रसूल कहूं तू मुझे कदीर कहे मैं तुझे बशीर कहूं तू मुझे खबीर कहे मैं तुझे सिराजम हुनर कहूं प्यारे तू मुझे ला इला कह दे मैं तुझे मोहम्मद तु नबी का हाथ अपना हाथ नहीं नबी का हाथ यदुल ना है नबी का चेहरा बट उल ना है नबी की जुबान लि ना है नबी का ना है, नबी की शबकत रहमतुल ना है नबी का मुस्कराना नूरुल ना है नबी का दस्तूर निजाम है नबी का सबक है और नबी का सारा बजूद मोहम्मद तो मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं मानो मुझे तस्लीम करो अशक पादरी ने ऐलान किया कि हम नहीं मानते इसको नबी मेरे नबी ने फरमाया इससे पूछो ये क्या चाहता है मेरे नबी जुमे का खुतबा दे रहे हैं अशक पादरी ने कहवा के भेजा अगर आप बरहक रसूल हैं आप भी अपने बच्चे ले आए हम भी अपने बच्चे ले आते हैं एक मैदान में पहुंचते हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं या जो हक हाँ पे है उसको बचा ले जो कुफुर पे है उसको गर्व कर ले मेरे नबी जुमे में खिताब कर रहे हैं तो के जाए उस तकरीर पर जिस तकरीर में सुनने वाला अली था सुनाने वाला नबी था मेरे नबी खिताब फाते हैं लोगों ने आकर कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों के पादरी अशकफ ने ऐलान किया है कि आप भी अपने बच्चे लेकर आए हम भी अपने बच्चे लेकर आते हैं एक मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं अल्लाह की बार में दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो हक पे है उसको बचा ले जो कुफर पे है उसको कर ले मेरे नबी मुस्कराए फरमाया मुझे मंजूर है वाह वाहम अपनी जानें तुम भी लाओ हम भी लाते हैं अपनी औलाद तुम भी लाओ हम भी लाते हैं हदीसों में क्यों आता है मदीने वाले क्यों बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अक्रम सल्लाम निम्बर खत्म में नबूत से उठ ले और सीधे अपनी बेटी फातिमा तो जहरा के घर गए ये कौन फातिमा है सल्तनत इस्लाम की मुकद्दस शहजादी है चादर तथी की मालिका है नबी फरमाते है फातिमा बिजातु मिली फातिमा मेरा टुकड़ा है मेरा टुकड़ा है ये नहीं फरमाया मेरे दिल का टुकड़ा है ये नहीं फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है फरमाया मिली, मेरा टुकड़ा है मकसद यह था दुनिया वालों मैं ताहिर हूँ ये तहारत का टुकड़ा है मैं आलिम हूँ ये इलम का टुकड़ा है मैं शाफी हूं यह शफात का टुकड़ा है मैं ताहिर हूँ ये तहारत कुरान है मैं कुरान हूं ये मेरी तस्वीर है मैं दूर हूं ये मेरी तल सतम की मुकद्दस शहजादी है मेरे नरी निम्बर खत में रबूत से उतरे और सीधे अपनी बेटी के घर गए मेरे पैगंबर ने अपनी मुजम्मल वाली चादर उठाईसन कहा है हसन हुजूर हाजिर फरमाया आओ मेरी इस चादर के नीचे आओ आल हुसैन कहा है मेरे हुसैन अरज की नाना जान हाजिर हूं फरमाया मेरी नबूत वाली चादर के नीचे आइए फिर फरमाया आई नली इतने कहा है अली हाजिर हूं फरमाया जल्दी आइए मेरी इस मुजम्मेल वाली चादर के नीचे आइए फिर रसूल खुदा ने अपना खत्म नबूत वाला सर भी उस चादर के नीचे दिया बाँग। बाँग। चादर एक थी मुसमिल वाला लिबास एक था चादर की खत्म है नबूवत की आदमी थे पांच इंसान थे पांच तन थे पांच मुसमिल वाली चादर के नीचे तन पांच थे यानी पांच तन थे उसी दल से तन पांच बने और पांच तन बने ये तन पांच मुसमिल का लिबास था नीचे इमाले असद है तो सहाराला चादर मुसल का लिबास नबी की खत में नबूवत की वह चादर मेरे नबी ने आसपास की तरफ देखा हाँ आहले बैसी ये मेरी अहले बैत है जो इनसे प्यार करे तू उनसे प्यार कर जो इनसे दूर हो जाए तू उनसे दूर हो जाह ये मुझे प्यारे हैं जो इनसे प्यार करे तू उनसे प्यार मेरे नबी अकरम तशरीफ लाए जनाब इमाम हसन से फरमाया हसन आओ मेरी दाएंगली थाम लो हुसैन तुम बाएंगली थाम लो अ फातिमा तुम अली का दामन थामो अली तुम मेरा दामन थामो ये यह पांचन जा रहे हैं तो खुदा बंदी की दलील बनकर ये यह पांचन किस लिए जा रहे हैं निजामे कुरान समझाने जा रहे हैं तो का पैगाम बताने जा रहे हैं जहन्नम से हटाने जा रहे हैं जन्नत का दरवाजा दिखाने जा रहे हैं गैरों से हटाकर अल्लाह की बारगाह में दुनिया वालों की गर्दनें झुकाने जा रहे हैं जब रसूल आलम अपने लवासों के साथ मौला अली के साथ और जन्नत की बतूल के साथ पहाड़ की बलंती पे चढ़े तो अस्क पादरी ने देखा तो अपने हल्का इरादत से कहने लगा अपने मोतकद्दीन से कहने लगा अपने शागिर्दों से कहने लगा वो जो सामने बच्चा आ रहा है भाई जाने इसका क्या नाम है लोगों ने कहा इसका नाम है हुसैन मेरा कह दो वाह भा हुसैन जोश है मेरा जोश है नौजवानों पहले इसका नाम क्या है कहा का नाम है हुसैन अस कब कहने लगा एक तरफ तवरा कबरका देख रहा हूं दूसरी तरफ इस बच्चे का चेहरा देख रहा हूं अगर इस नबी ने दुआ कर ली और इस बच्चे ने आमीन कह दी तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा अब इनके माथों को देखकर इनके नाने की खतम नबूत का कलमा पढ़ वो हुसैन जिनकी जबीनों को देखकर दादियों ने कलमा पढ़ा वो हुसैन जिसके चेहरे को देखकर कासो ने ईमान कबूल किया वो हुसैन जो खत्म नबूत के कंठों का शासार बना वो हुसैन जिसने रसूल्लाह की जुल्फों को लगाम बनाया वो हुसैन जो लगभग के सीरे के खेला करता था आज करमला के मैदान में क्यों आया इकतार के लिए नहीं लोग कहते हैं कहते हैं बात एडिटर कहते हैं बात नाम नेहा ओलाम आप कहते हैं कि हुसैन और शदीप की लड़ाई इकतनार की लड़ाई थी रम्बानी कहता है अगर मेरा हुसैन लड़ने के लिए जाता तो छह माह के असगर को न ले जाए <laughs> लड़ने के लिए जाते अपनी बहन सैनब को लड़ाई में न ले जाते अपनी बीवी शहरबानों को लड़ाई में न ले जाते मेरा हुसैन लड़ने नहीं गया बल्कि इस्लाम की तारीख कहती है करबला तसर कहते हैं मकाम पीजा करवाही देता है कि जब हजरत कौन ने कहा था कि अरे हुसैन रास्ता बदल दो मेरे हुसैन ने फरमाया मैं रास्ता बदलने नहीं आया मैं रास्ता दिखाने आया किनारा कशी करो फरमाया मैं किनारा कशी करने नहीं आया मैं कश्ती किनारे लगाने आया हुसैन पीठ दिखाओ फरमाया मैं पीठ दिखाने नहीं आया बल्कि सीने पे तीर खाने आया आए हुसैन जान बचाओ फरमाया मैं जान बचाने नहीं आया नाने के दीन पर जान कटाने आया हुसैन इब अली करबला के मैदान में इसलिए आए ताकि आमरीयत को खत्म किया जाए मलूकियत के ताज को दिया जाए और दुनिया पे ताबित हो जाए कि अगर इस सरजमीन पर किसी का झंडा बुलंद होगा तो मदीने वाले पैगंबर का झंडा होगा आलम की होगात का झंडा होगा मेरी मिलत के नौजवानों हुसैन अजमत का निशान है कह दो हुसैन जो मानते हो वो जोर से कह दो बाकी खामोश बैठे रहो ताकि आश्ते फरिश्ते गवाह हो जाए हुसैन अजमत का अल्लाह गवाह हो जासैन अजमत का सिर्फ अजमत का निशान नहीं बल्कि मोहब्बत की पहचान है हुसैन हकीकत का तर्जमान है हुसैन निजाम मुस्तफा की असली जान है हुसैन अदीब और रसालत है हुसैन नस्बत और है हुसैन अदीब इमामत है हुसैन दलील शराफत है हुसैन वकील तरीकत है हुसैन के, के चेहरे पर अब्दुल्ला का जलान है और हुसैन के रगों में हैदर का जमाव है गयाँ।। गयाँ। दानत। दानत। दानत। दानत मेरा हुसैन साथी लड़ाई के लिए नहीं गया बल्कि आलम इस्लाम को मलूकियत से बचाने के लिए गया आज दुनिया वालों अगर मेरा हुसैन कुर्बानी न देता मस्जिद का मीनार नजर न आता मेरा हुसैन अगर छह माह के अस्कर को कुर्बान न करता आज कोई मौलवी मिम्बर पर बैठने के काबिल ना होता ये सबका है करबला के मुसाफिर का यह सबका है करबला के शहीद का कि आज बोल भी डिमबर पे बैठा है मस्जिद से आसान हो रही है रब्बे तो काबा की कसम हुसैन आलम इस्लाम की तकदील है हुसैन ने दुनिया को बता दिया कि दुनिया वालों अगर बच्चे भी कुर्बान करना पड़े तो नाने की शरीयत के लिए हुसैन बच्चे भी कुर्बान कर दे करबला की धरती से पूछो एलियकर के गले पे तीर लगा हुसैन खामोश अब्बाश का बाजू कलम हुआ हुसैन खामोश और मोहम्मद के लाश तरफ रहे हैं हुसैन खामोश हजरत काशिम की जवानी पे घोड़े दौड़ रहे हैं हुसैन खामोश जराब हुसैन अपने अर्ज की भाई जान बोलते क्यों नहीं परमाया बहन हमारी तरफ से कुरान बोल रहा है इला हम साबरी अल्लाह सबर करने वालों के साथ है वो जाविर है जबर कर रहे हैं हम साविर है सबर कर रहे हैं मेरे भाईओ जब मुहर्रम की दसवीं रात थी मेरे हुसैन बली अल्लाह तों ने खेमे में आकर कहा अ मेरे घर वालों आज रात के दो हिस्से करो आधी रात में कुरान पढ़ो और आधी रात में नवासिल पढ़ो बहुत के तमाम जवान कुरान पढ़ रहे हैं अहल भैत की पाकिदा औरतें कुरान पढ़ रही है वो तहारत के मुजस्मे कुरान पढ़ रहे हैं चनाब मासूम शकी ना आई कहने लगी अब्बा जान शहरबानों भी कुरान पढ़ रही है भुफी सैनब भी कुरान पढ़ रही है अली अकबर भी कुरान पढ़ रहा है वो देखो भाई सैनदीन भी कुरान पढ़ रहा है अब्बाजान एक फर्ज कुरान पढ़ रहा है मुझे भी कुरान शुरू मेरे हुसैन ने कहा बेटी पानी तो बंद हो चुका है अब आओ तुम्हें कराता करबला की मट्टी से मेरे हुसैन ने अपनी बेटी को वजू कराया मेरी मिल्लत के नौजवान हो मेरा हुसैन अगर चाहता तो करबला की एक एक धर्सी से दस दस चश्मे पानी के निकलते के में ये ख्याल हो कि हुसैन अली अपने अलीर तालमों से पानी मांगा है रब पानी कहता है उसको पानी मांगने की क्या जरूरत थी जिसके कदमों में कौशल के खजाने मिलके कह दो नारा हैदरी जोश से कह दो नारा हैदरी अरे भाइयों अली तो हमारा दीन और ईमान है अली तो सुनियों की पहचान है अली तो नबी का वीर है अली तो सहाबा का मुशीर है अली तो मोमनों का अमीर है अली तो सुनियो का पीर है आज गलत कहा जाता है कि यह सुन्नी अली अली करने वाले नहीं रब्बानी कहता फिर रहा है कि अली के दरवाजे पे आओ एली की बात को सुनो अली के पैगाम को सुनो अली के प्याम को सुनो अली का जिक्र साहबा के अमृत आल अदबीन ने किया साहबा का अली से प्यार है अली का साहबा से प्यार है अगर किसी के जहन में हो कि हम अली का नाम मिटा देंगे तो रबानी कहता है कि जमाते अहले सुन का एक जवान भी जिंदा है कभी की गली गली होगी हुसैन की अब्बा भी अहली अहली होगी नौजवानों ने सुनना करबला की धरती थी करबला की जमीन थी रात की तन्हाई थी मैंने सुनी नौजवानों वो मंजर सामने रखो जब बाप बेटी को तयम करा रहा अल्लाह जब बाप नमाजी होता है तो बेटी भी कुरान की कारिया होती है जब माँ आलिम होती है तो बेटी फाजिला होती है जब बाप नमाजी होता है तो बेटा भाव हक मुल्तानी होता है तो जब बाप नमावी होता है बेटा शाहरुख में आलम नूरी हजूरी होता है जब बाप नाराजी होता है तो बेटा दुनिया इंसानियत का कायद होता है जब बाप सारी रास्ते करता है तो बेटा भी करबला के मैदान में नेवे की अली पे कुरान पढ़ता है पर कुरान पढ़ा जा रहा है समझ जो है ना जर मेरी तरफ देखिए से सुनिए करबरा की धरती पर हुसैन इतने अली अपनी बेटी को कुरान पढ़ा रहे हैं मेरी बेटी पढ़ो कुरानु बिल्लाई तवाली हुआ कह दो जरा जोर से औजु बिल्लाई तवाल मासूम सकीना ने बड़े अदब से पढ़ाजुलाई तो आने हुआ जी मेरे प्यारे हुसैन फरमाते हैं मेरी बेटी बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ा आगे पढ़ो बिस्मिल्लामान रही अभी बिस्मिल्लम रहीम ही पढ़ी थी मेरे प्यारे हुसैन रजी अल्लाह नो की आंखों में आंसू आ गए मासूम सकीना पूछती है अब्बाजान ये आंखों में नम कैसी चेहरे पे अलम कैसा दिल में गम कैसा फरमाया मेरी बेटी पता कुरान शुरू कराया है खत्म भी कर या नहीं अब्बाजान ये कैसी बात करते हो जब मैं मदीना मुनबरा से चली थी मुझे बहन सुग्रा ने कहा था देखना जब नमाज का वक्त आए अब्बा जान को मुसल्ला बिछा देना जब उजू का वक्त आए अब्बा जी को पानी भर देना अब्बा जी जब मैं वापस जाऊंगी मेरी बहन पूछेगी अब्बा कहा है मैं क्या जवाब दूंगी अल्लाह अल्लाह मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आए बेटी के सर पर धंते शफकत रखा घमाया तो मेरी मासूम सचीना घबराओ नहीं मेरी बेटी सबरा को सलाम कहना और कहना हम अल्लाह की रजा पर राजी है अल्लाह अल्लाह अल्ला। सब कुरान पढ़ रहे हैं एहलैद का घराना कुरान पढ़ता है आले रसूल के खानदान का एक एक फर्क कुरान पढ़ता है उस वही होगा जो कुरान का कारी होगा अल्लाह अल्लाह अल्ला। अल्ला। मेरे भाइयों और दोस्तों क्या पूछती हो तमाम ने कुरान मजिद पढ़ा हजरत कुरान मजिद पढ़ रही है उन करबला के जर्रों से पूछो हुसैन अली के घरानों से पूछो उन खैमे से पूछो जिन खैमों से कुरान पढ़ने की आज हजरात की तनहाई में आ रही हो कुरने मजिद पढ़ा जा रहा है मेरे भाईयों अगर कुरान पढ़ोगे तो निजात होगी आप जितने हजरात इस मस्जिद में आए हुए हैं मस्जिद अंदर और बाहर भरी हुई है ये आपका कमाल नहीं है ये अल्लाह ने आपको चुन लिया है मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिसको बख्शना चाहता है उसे किसी नेक की महफल में भेज देगा आप जितने सुसैन पाप की महफल में आए हुए हैं अल्लाह रक्न इज्जत ने आपको चुन लिया है जो लोग इशास कर रहे हैं पब्लिक की उनको अल्लाह तला ने चुन लिया है जो हुसैन अपने अली की अस्मतें सुना रहे हैं उनको रबी अकबर ने चुन लिया है जो साहब कराम की अस्मतों का ऐलान करते हैं अल्लाह ने उनको चुन लिया है अखबारात में जो मजमून लिखते हैं टेलीविजन पे प्रोग्राम आते हैं रेडियो पे प्रोग्राम आते हैं कहने का मकसद ये है कि हर डने हर वकट या जिक्र हुआ हो जिक्र मुस्तफ़ा हो जिक्र सिद्दीक हो जिक्र भी आ रहे हैं जहां तेरे नेक बंदों का जिक्र हो रहा था फुलाना भी बैठा था फुलाना भी बैठा था अल्लाह फरमाता है गवाह हो जाओ मैंने इन सबके गुनाह बख्श दिए अल्लाह इनमें तो फुलाना गुनागार आदमी बैठा था अल्लाह रबुल इजत फरमाता है इनके गुनाहों को देखू या हुसैन के जिक्र को देखू इनके आमाल को देखूं या कुरान की तिलावत को देखू जब मुहर्रम की दस तारीख थी अहले बैद का एक एक फर्क कुरान मजीद पढ़ रहा था आले रसूल का एक एक फर्क कुरान की तिलावत कर रहा था जब सुबह की नमाज हो गई तो हजरत सैन अपने अरज की भाई जान, हम प्यास बर्दाश्त कर लेंगे मगर ये छह माह का बच्चा जब रोता है इसका आवाज बुलंद नहीं होता आंखें अंदर चली गई हैं, चेहरा जर्द हो गया है इन जालमो से कहो अगर तुम्हारे नजदीक कोई जुर्म किया है तो हमने किया है इस मासूम यश्कर ने तो कोई जुर्म नहीं किया मेरे हुसैन की आंखों में आंसुआ है फरमाया मेरी बहन इन जालमों से पानी मांगते हुए मेरी घर मुझे इजाजत नहीं देती ऐसा मुलाबेदीन तू इनसे कहे कि मेरा अब्बा कहता है कि अगर अपने हाथ से दो चार कतरे इसके हलक में डाल दोगे तो कयामत के दिन तुम्हें कौशर के जाम पिलाऊंगा मगर वो जालिम अमर जो सुलम पर छा रहा था जो इंसानियत की हदों से निकलकर सुलम के बादलों में ढुसा हुआ था उस जालिम ने हुरमला को इशारा किया तीर कमान से बाहर निकला फंसाओ में उड़ता हुआ चमकता हुआ धमकता हुआ आया इमाम के बाजू से लगा मासूम अली असकर के हलक में उतर गया छह माह का बच्चा हाथों में तर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 माह का बच्चा हाथों में तड़पा खूले कर, कर बना के दर्रो पे पहुंचा अस्ट गया ने बहिष्ण ने कहा याद ये क्या हो रहा है परमाया दुनिया वालों में देख रहा हूं तुम्हें दिखा रहा हूं कि हुसैन से जो मानता हूं वो दे रहा है मेरे हुसैन को उठाया खैने में लाए सैनप ने पूछा मेरा बच्चा पानी पी आया है मेरे हुसैन रजी अल्लाह फरमाते हैं पानी तो नहीं पियाया अलबत्ता हौज कौशर का मालिक बन आया है जनाब जैनब की चीख निकली मेरे प्यारे हुसैन ने हाथ मुंह पे रखा एंड जैनब आवाज बुलंद नहीं करनी हम उस फातेमत उस दहरा की औलाद हैं जिसने आखिरी वक्त में हमारे अबा अली से कहा था कि मेरा जनाजा रात को उठाना ताकि कोई गैर महरम मेरे चनाजे के करीब ना आ सके किसी गैर महरम का साया मेरे चनाजे पर ना आ सके आवाज न करना दवा फजा न करना मातम न करना अपने शरों के बाल को न खोलना है अगर मुहर्रम की दफ्तारी को गर्बड़ा के मैदान में हुसैन की भैंस जैनब अपनी जुल खोल देती जमीन पट जाती कयामत कायम हो जाती अपने सर से चादर उतार देती उनका उतार देती आज न तुम होते ना हम होते मेरे हुसैन ने तो रोज अजल का वादा पूरा किया आलम अरवाह में जब रब्बे अकबर ने कहा है कोई मेरा बंदा जिसका बेटा घर करूं और वो सबर करे तमाम दुनिया वाले खामोश थे नुह पैगंबर ने आवाज दी मौला हाजिर कह दो सुबह नौ जवाना जोश से रब ने पूछा है मेरा कोई बंदा जिसको आग में डलवाऊं और वो सबर करे सब खामोश थे हजरत इब्राहिम की रू ने आवाज दी मैं हाजिर हूं रब ने पूछा है कोई मेरा बंदा जिसकी गर्दन पे उसका बाप तलवार चलाए अल्लाह की रजा के लिए उसको सिबा करे और वो सबर करे हजरत इसमाही सलाम की रूह ने आवाज थी मैं हाजिर हूं फिर रब ने पूछा है कोई मेरा बंदा जिसको जलीखा बदराह करें वो जेल जाना पसंद करें मगर बुराई के काम से नफरत करें सब खामोश थे यूसुफ अलेसलाम की उन्होंने आवाज थी मैं हाजिर हूं रब ने कहा कोई मेरा बंदा है जो बेटे के फिराक में अपनी आंखों का नूर दे दे सब खामोश थे हजरत याकूब अलेसम की लूने आवाज थी मैं हाजिर हूं फिर रब ने पूछा है कोई मेरा बंदा जो 40 दिन तक सर्दियों के मौसम में कोहतूर की बुलंदी पर चिल्ला काटे सब खामोश थे मगर मूसार सलाम की रूह ने आवाज दी मैं हाजिर हूं फिर अब ने आवाज दी है कोई मेरा महबूब जिसको ताक के मैदान में पत्थरों की बारिश हो उसका जिसम लव हो जब्राइल कहे कि इजाजत हो तो मैं इन ताए पालों को पहाड़ों से कुचल के रख दू मगर वो कहे मैं तो इनके लिए रहमत बनकर आया इमाम दिया ताज तारे अरब अजम की लूह ने आवाज की मौला मैं हाजिर हूं भेल लब ने पूछा है कोई मेरा बंदा जो देश से प्रदेश हो वतन से बेवतन हो तीन दिन कप्यासा हो उससे छह माह का असगर मांगू तो वो दे दे अठारह साल का अली अकबर मांगू तो दे दे बाईस साल का कासिम मांगू तो दे दे सब खामोश थे मेरे प्यारे हुसैन की रूह ने आवाज दी अल्लाह मैं हाजिर हूं और यही वजह है जब कर के मैदान में मेरे हुसैन गए तो फरमाया बेटे ये कौन सी जमीन है इमाम ज़ैनुल अलाबद्दीन ने फरमाया अब्बा जान कर बो कह दो करबोश कर बो कर यह है करबो बो मेरे हुसैन कहां पे फरमाया बेटे खैम आबाद में लगाना पहले जाओ पूछो यह जमीन किसकी है पहले इस जमीन के मालिक को कीमत अदा करो फिर खैमा लगाओ जाओ मुताले में वसत पैदा करो इमाम जैनदीन ने अरज की अब्बाज़ान आप मदीना मुनवरा से चले जहाँ रात हो गई खेमे लगा दिए आपने नहीं पूछा कि ये किसकी जमीन मक्के से बीजा आए जहाँ रात हुई हमने खेमे लगा दिए आपने नहीं पूछा कि ये किसकी जमीन है लेकिन जब यहां पहुंचे तो आप फरमाते हैं पहले पैसे अदा करो मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आ गए फरमाया मेरे बच्चे जहां कब्रें बननी हो वो जमीन खरीद कर ली जाती है हमारी यहां कबरे बनेगी अब्बाजान आप कैसी बात करते हैं फरमाया जिस दिन की खुशखबरी नानी पैगंबर ने दी थी मालूम होता है वो दिन यही आके रहेगा मेरे बेटे मैं नसीहत करता हूं कि सबर करना जजा फजा न करना है पिट न करना हुसैन साबिर बनकर आया लोग कहते हैं हुसैन बिट गया लोग कहते हैं हुसैन फना हो गया लोग कहते हैं हुसैन पिट गया हुसैन ने ठोके खाई हुसैन ने ठोके नहीं खाई हुसैन बादल से टकराया है हुसैन पीटा नहीं हुसैन जुल्म के खिलाफ कटा है हुसैन मरा नहीं हुसैन पोशीदा नहीं हुसैन छुपा नहीं हुसैन दशींदा है हुसैन को फना नहीं हुसैन को पका है हुसैन बड़ा नहीं हुसैन जिंदा कह दो हुसैन मेरा जोशे हुसैन मिलके हुसैन ललकार के हुसैन जब रब्बानी जिक्र हुसैन करता है मेरा अकीदा है कि हुसैन मुक्त गवाह होता है जो जो दिख रहे हुसैन करे जब करे जहां करे जिस जगह करे दिल की गहराई में करे हलवत में करे चलवत में करे मेंबर पे में करे मस्जिद में करे नेहराब में करे सोसाइटी में करे कॉलेज में करे यूनिवर्सिटी में करे ऐवान वजारत में करे या अवान सिदारत में करे जहां हुसैन का जिक्र होगा हुसैन की रूप गांव हो जाती ना। ना। और जाओ इस्लाम की तारीख पढ़ो <laughs> मेरा हुसैन लड़ा नहीं लोग कहते हैं हुसैन बहुत लड़ा रब्बानी कहता है हमने तीन साल तक मदीने में यह पढ़ा है हुसैन लड़ा नहीं अगर हुसैन लड़ने पर आता किसकी जरूरत थी कि बच के निकलता जो है हुसैन लड़ा नहीं हुसैन के हाथ में वो ही जुल्फतार थी जिसको हसन मुशतबा ने दी थी हसन मुशतबा को अलीदा ने दी थी और अलील मुर्तदा को मोहम्मद मुस्तफा ने दी थी एक हजार तो क्या एक लाख लश्कर भी आ जाता मेरे हुसैन के त्यौहार से बचकर निकलता मेरे हुसैन ने तो दिफा किया जब मेरा हुसैन खैमे से निकला तो वो मंजर कितना अजीब था जब के शहरबानों से कहा तू हजरत उमर की निशानी है फखर करेगी कयामत के दिन कि मेरा हाथ शहीद के हाथ में है अरे शहरबानों मैंने नाना से हदीस सुनी है मेरे नाना जान फरमा रहे थे जब कयामत का दिन होगा कोई किसी का यावर ना होगा कोई किसी का मददगार ना होगा बाप बेटे की पहचान नहीं करेगा बेटी मां की मदद नहीं कर सकेगी नफसी नफसी का आलम होगा जहनवी जहन्नम में जाएंगे जन्नती जन्नत में जाएंगे अल्लाह ताला जन्नत का दौरा करेगा कहेगा जन्नत वालों बड़े मजे में हो बड़े आराम में हो बड़े शरूर में हो बड़ी मस्ती में हो बड़ी लज्जत में हो सब कहेंगे मौला तेरा एहसान है तूने जन्नत दी तूने हु जन्नत दिए तूने खिल्मा ने दिए तूने कौसर के जान दिए मगर मेरे हुसैन समाते हैं शहीदों का टोला खड़ा हो जाएगा शहीदों की जमात खड़ी हो जाएगी शहीद नौजवान खड़े हो जाएंगे कहेंगे या ला तेरी जन्नत में हमें वो मजा नहीं आ रहा जो मैदान कारजार में आता था अपनी जन्नत वापस ले ले हमें तो वही मजा आएगा जहां दुश्मन के घोड़े हों हमारी गर्दन हो दुश्मन की तलवार हो सामने तेरा दीदार हो तू हमारा यार हो फिर बेरा पाक मेरे, मेरे इमाम पाक ने लड़ाई नहीं की मेरे और आपके इमाम बरहक ने दिफा किया कहो हमारे इमाम ने पूरा याद करो जवानों हमारे इमाम ने अगर मेरा इमाम लड़ने पे आता किसी की मजाल न थी कि बच्चे निकल पा क्योंकि ये वो हुसैन है जिसकी लगों में मोहम्मद का खून है जिसके खून में सहा का दूध है जिसकी हड्डियों में अली की ताकत है जिसके सीने में खत्म नबूत के जलवे हैं, जिसकी आंखों में तोहहीद के जलवे हैं और ये वो हुसैन है जिसने अपनी लबों से लुहा में खत्म नबूत है उस हुसैन के सामने कौन आ सकता था इसकी जरूरत थी हुसैन तो वो वादा पूरा कर रहे थे जो आलम अरवाह में किया था उन्होंने तलवारों के वार किए हुसैन ने खामोशी से बर्दाश्त किए जब देखा कि बत्तीस जख्म तलवार के लग चुके हैं और तीर मेरी तरफ निशाना बने हुए हैं तो जहरा के लाल ने घोड़े की लगाम को काबे की तरफ किया और काबे की तरफ रुक करके सुबह ने विलायत से फरमाया अल्लाह अकबर जब घोड़े पे ठहरे थे तो कयाम था जब घोड़े से जमीन पे आए तो रकू था जब जमीन पे आए तो माथे के बल आए क्योंकि वो सैदे का मकान था मेरे हुसैन ने कहा सुबह नरब आला सुबह नरब आला सुबह नरब आला मौला तू ही पाक है तू ही आला है तू ही तू है बल्कि कहने दो मैं भी तू है तो समझ रहे हो सुबह नरब आला मौला तू ही आला है तू ही तू है सब कुछ तू है अब मैं भी तू है और तू ही तू है हुसैन सिक्र खुदा में फना फिल्ला हो गया हुसैन सिक्र खुदा में इतना मस्त हुआ कि शिवर ने आके कहा हुसैन आज गर्दन कट चुकी है मेरे हुसैन ने फरमाया तुझे खबर कटी है या नहीं आजा। आजा। आजा। से कह दो हुसैन कहने लगा हुसैन आधी घर दिन कट चुकी है मैं तुझे खबर कटी ख़़़। है कि नहीं हमें तो नहीं खबर कटी है या नहीं कटी है शायद कोई कहे रब्बानी साहब दलील से बात करो और अब्बानी कुरान से पूछता है कि मेरे हुसैन को तकलीफ हुई या नहीं कुरान कहता है सूरत यूसुफ पढ़ो चंद औरतों ने कहा जलीखा तू गुलाम पे दिल दे बैठी जनाब जलीखा कहने लगी वो गुलाम नहीं वो हुसन का इमाम है जरा जाके उसको देखो तो सही अच्छा भाई तू दिखा दे हमें अल्लाह अकबर कबीरा सारे इकट्ठे हो गए जनाब जलीखा ने हाथ में दी छुरी दूसरे हाथ में फल दिया कुरान कहता है काल तखरु अलई कहने लगी असुफ जरा यहां से गुजर जा आगे। आगे। जो है फरमाया जरा यहां से गुजर जा अल्लाह फरमाता है यूसुफ असलम का गुजर हुआ जमाल यूसुफ सामने आया जब उन्होंने हजरत यूसुफ के हुसुन को देखा कुरान कहता है लगे ये तो बशर ही नहीं तो ये तो कोई खूबसूरत फरिश्ता आ गया रब्बानी कहता है कि उनको कोई दर्द भी हुआ कुरान कहता है वह यूसुफ सलाम के हुसन में इतनी मस्त थी कि उन्हें हाथ कटने की खबर ही न रहे अब रब्बानी सवाल करता है पढ़ी लिखी दुनिया से कि मुझे बताओ अगर यूसुफ सलाम का हुसन देखने से हाथ कटने की खबर न रहे तो जो हुसैन रब को देख रहा था उसे गर्दन कटने की क्या खबर सिमर मस्ता खंजर के वार में हुसैन मस्ता दीदारे यार में उम अमर ने कहा हुसैन आधी गर्दन कट चुकी है आधी बाकी है अब भी बैद कर लो मेरे हुसैन ने कहा क्या कह रहे हो कहने लगे अभी आग ठंडी नहीं हुई अभी मोहब्बत और इश्क पैमान ठंडा नहीं हुआ आधी गर्दन कट चुकी है अब जजीद की तरफ पलट आओ मेरे हुसैन ने कहा शाखे तमन्ना हरी है जली तो नहीं किसकी है दिल में अभी बुझी तो नहीं मेरे हुसैन ने कहा क्या कहते हो कहने लगे अब भी आओ जजीद की तरफ पलट आओ आदि गर्दन कर चुकी मेरे हुसैन फरमाते हैं शाखे तमन्ना हरी है जली तो नहीं इसकी आग है दिल में अभी बुझी तो नहीं जफाकारों की तेज से गर्दन वफ़ाशारों की कटी है पर स मैदा मगर झुकी तो नहीं आगे। आगे। आगे। आगे। कटी है पर स मैदा मगर झुकी तो नहीं दुनिया वालों ये गर्दन कटी तो है मगर झुकी झुकी राजोश से झुकी अल्लाह की कसम अगर नबी न होता पिछले नदियों की नबूवत न हो और अगर हुसैन ना होता जिहाद में कुवत ना होती मेरे भाइयों में आपसे क्या अर्ज करूं बच्ची कहता हूं अगले दिनों में तकलीफ कर रहा था डेरा इस्माइल खान में सब पठान बैठे थे परसों की बात है हुसैन इबन अली का जिक्र कर रहा आधा घंटा मैंने तकरीर की आखिर मैंने पूछा ओ खान साहबान कुछ समझ भी आ रही है एक उठा बूढ़ा सा खान था अपनी पुश्तो जुबान के लहजे में कहने लगा और रब्बानी साहब हमको कुछ समझ नहीं आता तुम क्या कहता है मैंने कहा फिर तुम सुबहानल्ला क्यों कह रहा है कहने लगा बस तुम हुसैन का नाम लेता है हम खुश हो जाता है आगा। आगा। आगा। आगा। आगा। आगा। आगा। आगा। तुम हुसैन का नाम लेता है हम खुश हो जाता है हमें किसी से क्या अरे भाइयों ये सच्ची बात है हुसैन का नाम इबादत है हुसैन का नाम रियासत है हुसैन का नाम तो क्या मतदन की निजात है हुसैन तो हमारा वजीफा है हुसैन तो हिम्मत का धनी है हुसैन तो दिल का धनी है हुसैन तो सर से लेकर पांव तक है न है लोग कहते हैं कि हुसैन और इस्लाम में क्या फर्क है रप्तानी कहता है हुसैन इस्लाम है और इस्लाम हुसैन हर की क्या बात? ये कुर्बानी इस्लाम के लिए थी मैंने अक्सर तकलीरें याकीन आपका कहना है ये हमारे याकूब साहब बैठे हैं ये ये भी हर तकलीर में ये टेप लेकर आ जाते हैं मैंने इनसे पूछा ये टेप लाने का मकसद क्या है कह लगे जी मकसद क्या कुछ भी हो हर आदमी जिस चीज का इश्क लेकर आता है वो वही तलब करता है कोई गीत की आर्जू लेकर आता है कोई गजल की तमन्ना लेकर आता है और कोई हुसैन की ललकार लेकर आता है सच्ची बात है अगर नबी न होता नबूवत न होती हुसैन ना होता जहाज में कुवत ना होती नबी ना होता उम्मत में शफकत ना होती हुसैन ना होता ईमान में लज्जत ना होती नबी न होता अल्लाह की नमाज ना होती हुसैन ना होता हक की आवाज ना होती नबी ना होता अल्लाह की तकदीर न होती हुसैन ना होता मोहम्मद की तस्वीर न होता <गण्था> और कहने दो नबी ना होता दीन बनता हुसैन ना होता दीन बचता नबी ना होता कोई कुरान बताता ना हुसैन ना होता कोई पे <गण्था> मेरे पे चढ़ के सुनाता मेरे हुसैन इतने अली रभी अल्लाह तला ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर आरम इस्लाम को बता दिया यो मेरे नदी पाक का कलमा पढ़ने वाले लो मेरे नाना की खत्म नबूत करने वालों मैं हुसैन सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर इस्लाम का प्रचल चाहता हूं कितना जुल्म है जो लोग हुसैन के मुकाबले में यजीद को लाते हैं बो यदीब जिसका खून हुसैन के खून से मुख्तलिफ हो बो यदीद जिसने आले रसूल के खून से हाथ रंगे हो वो यदीब जिसने ताबे पे हमला कराया हो और मुझे मदीने वालों ने बताया कि तेरह दिन तक मदीने में कर्फ्यू लगा रहा लेकिन जब आजान की नमाज का वक्त होता था तो सबसे गुम्बस से आजान की आवाज आती अल्लाह हमारे पास यजीब के लिए कुछ नहीं हुसैन के लिए मौजूद कुछ लोग हैं जो जदीद की तारीफें करते फिरते हैं उनसे कह दो गहरे सुन्नत के जवान कहते हैं अगर तुम जदीद को अच्छा समझते हो तो हमारी दुआ है कयामत के तुम तुम जदीद के साथी बनो हम हुसैन के साथी बनो हमारे पास जदीद के लिए कुछ नहीं है हुसैन के लिए मौलूद है यज़ीद के लिए दानत है हुसैन के लिए दरूद है यदीद नफ़ परस्त है हुसैन हक परस्त है यदी मुजस्म कुफो तुजान है हुसैन नमूना दिलो ईमान है यदीद फिस को फजूर में मुब्तला है हुसैन तय करे तस्लीम और रजा है यदी इस्लाम में नफ्से शरीर है हुसैन बारे से चादर है तब हुसैन जिसके दरवाजे पर जबरील आया बह हुसैन कबला के मैदान में इसलिए आया ताकि दुनिया को बता दे कि आए लोगों अगर इस्लामी निजाम के लिए तुम्हें तन मन धन की बाजी लगाना पड़े तो गुरेज ना किया करो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह तबारक मतला हमारे इन नौजवानों की दीनी कोशिश कबूल फरमाए हमने जो जिक्र हुसैन एक घंटे में किया है अल्लाह अपनी बारगा में कबूल फरमाए खुदावंदे पाक इन नौजवानों का ये दीनी इजा अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए मेरे यहां जितने दोस्त अहबाब और बुजुर्ग बैठे हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह तारा मुझे और आप सबको कल कयामत के दिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तारा नौ के झंडे का साया नसीब फरमाए सारे हजरात खड़े हो जाइए और इमाम हुसैन की बारगाह में सलामारत कीजिए जनाब साबिर हुसैन साहब जनाब फकीर मोहम्मद साहब और तमाम नापखा इकट्ठे होकर ये फरूद सलाम पढ़ते हैं। जिसके इस महरा बेकाबुकी जिसके सजदे कुमेरा बेकाबू बेटु अनुभम के समय खाई पोला गुजरती कसम खाई पोला के गुजरती कसम उसका सेब बाग्य होना जाने समय बन में जाया को साम समय बन में पे जारीरा उम्मती उम्मती लब पे जारीरा नार बरदारे उम्म या गया जिस को से कैसे कुला हो गया जिसको बैठे बीठ साल go oh. बुलाई la na haribon ke tesuna astala o mai astala ae naya ata ae rasul मैं जिगर गोशा है बदू बशर पर लाखों सलाम पर बशर बसर सलाम, सलाखों दुरू दुर्दाखो सलाम सलाम पर बशर सलाम, सलाम, बसराम लाह फसलाम जिन्हो मलायक तेरे गुलाम जिन्नो मलाइक तेरे भुलाम सबसे सिवा है तेरा मकाम सबसे सिवा है तेरा मकाम, यासीनों योता तेरे ही नाम, यासीनों हिनामोता तेरे ही नाम को ना को ना को बचरे पर ना को, को, को, को सबको मया हो मकान माया मकाम पहुँचे मदीने बनकर गुलाम पहुँचे मदीने, बन मदीने बन कर गुलाम पढ़ते दूर पढ़ते सलाम पढ़ते